Guys, अभी हम लोग पहुंचे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहुंच चुके हैं फील्ड में और अभी ये बाइक अभी चला रहा है सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी कार चला रहा है इस कार चला रहा है ये कार चला रहा है ठी है और कार में काफ़ी कम पेट्रोल बचा हुआ है तो हम लोग जानबूझ कर ऐसा प्लान किया कि कार को पहले पेट्रोल पूरा ख़त्म करना है उसके बाद हम लोग बाइक इसको खींच करके देखेंगे कार में बिल्कुल ही पेट्रोल नहीं रखना है कि क्या होता है क्या नहीं हम लोग करके देखेंगे अभी कार में एकदम तो बहुत थोड़ा सा पेट्रोल बचा हुआ अभी चला रहा है देखते हैं आगे क्या होता पेट्रोल जैसे ही खत्म होता हम लोग तुरंत से वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं रिजल्ट क्या होता है एक बाइक से क्या कार को खींचा जा सकता है रस्सी की मदद से हाँ या नहीं तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फील्ड में और अभी हम लोग करेंगे एक्सपेरिमेंट कि एक बाइक और एक कार के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट करने आए हुए हैं ठीक है तो अभी देखो, कार, आ कार आ चुका है कार, आ, कार तो हमारा आ चुका है थी। ठीक है कार जो अभी अतीत चला रहा है और बाइक अभी तक नहीं आया है तो बाइक का भी एक लड़का लाने गया है तो बाइक आता है जैसे ही उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये रासो ये हमारा छोटू भैया और ये अंकित और ये अतीत जो अभी बाइक लाने गया था लेकिन अभी लोग तो आज हम लोग आए हुए एक न्यू एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाने के लिए जो कि आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे एक कार और एक बाइक के साथ ठीक है तो ये रही हमारी टीम और चलिए हम आपको दिखाते हैं ये ये रस्सी के सहारे अगर, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपके साथ ऐसा होता है कि आपका कार का या पेट्रोल खत्म हो जाए या फिर कुछ भी हो अगर आपके साथ अगर कोई बाइक वाला है या फिर आपके पास एक बाइक अवेलेबल है अगर उससे आप हेल्प लेना चाहते हैं तो आप किस तरह से उससे हेल्प ले सकते हैं और कितने दूरी तक जा सकते हैं उस बाइक से हेल्प लेकर के चलिए आपको पेट्रोल खत्म हो चुका है तो अभी हम लोग आइए इसमें पेट्रोल पेट्रोल हैं ये बिल्कुल है। भी नहीं है ठीक है? है, है, का तो है।, है, है तो अभी हम लोग डाल रहे पेट्रोल और ये एक लीटर पेट्रोल है देखते हैं क्या होता है अभी ये गाड़ी उस कार को खींच पाती है या फिर नहीं ठीक है चलिए आपको दिखाते हैं आगे क्या होता है ये हमारी पेट्रोल डल चुकी है और अभी गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है लॉक हो गया ये हो गया लॉक ठीक है अभी हम लोग चलते हैं कार में पहले चाबी लगा देते हैं ये चाबी लगा दो गाड़ी स्टार्ट करो गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं गाड़ी गाड़ी हो हो चुकी चुकी है। है, हमारी तो अभी हम लोग निकालते हैं रस्सी और बांधते हैं दोनों को और देखते हैं कि ये गाड़ी इसको खींच पाती है फिर नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक है ठीक है रस्सी लेके आओ रस्सी लेके आओ रस्सी लेके आओ अरे हाँ हाँ रुक जा रुक जा नहीं नहीं नहीं ठीक है ठीक है रस्सी लेके आओ रस्सी लेके आओ रस्सी लेके आओ अरे हाँ हाँ रुक स्टार्ट कर चलते हैं क्या होता है ये रही चाबी भैया चाबी रखिए आइए हम लोग बांधते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे अंकित रस्सी बानो ये क्या लगता है आपको कि ये गाड़ी इस कार को खींच पाएगी या फिर नहीं ठीक है तो अभी हम लोग आपको दिखाते हैं इंड में रिजल्ट क्या आता है तो आप लोग वीडियो को एंड बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनको दिल से जय हिंद तो गाइज ये है हमारा दोस्त ठीक है ये हमारा टीम मेंबर है तो इसे पूछते हैं कि क्या लगता है इसको कि गाड़ी खींच पाएगी या फिर नहीं क्या लगता है तुम्हें तो गाड़ी खींच पाएगा लग तो नहीं रहा है खींच पाएगा <laughs> क्यों नहीं लग रहा है वो <laughs> तो कहाँ यार देखो ये कहाँ है हाथी सब बात तो सही है कि गाड़ी अभी पुराना है काफी पुराना है तो लेकिन इंजन उसका सही है उससे कोई दिक्कत नहीं है तो भैया से पूछते है क्या लगता है भैया गाड़ी खींच पाएगा देखो गाड़ी तो खींच पाएगा लेकिन इसमें जो है ना इंजन बहुत पुराना है बहुत पुराना है हमको तो लगता है कि नहीं खींच पाएगा लेकिन संभव है कि हो सकता है खींचेगा कोई बात नहीं सबको तो लग रहा है कि नहीं खींच पाएगा लेकिन अभी हम लोग आपको दिखाते हैं मुझे भी नहीं पता किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला आगे तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ठीक है सो गाइज है? so देखते हैं रस्सी बना रहा है तो कैसा लग रहा है अंकित रस्सी बांधने में कैसा मजा आ रहा है हाँ ठीक ही है क्या कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट करना है चलिए अभी यहाँ पे कार में रस्सी बन चुकी है अभी बाइक में बांधते हैं उसके बाद देखते हैं क्या बाइक खींच पाती है या फिर नहीं सपोज देट गाइज अगर आप लोग भी कहीं जाते हैं बाइक से या फिर कार से अगर मान लीजिए आप कार से गए हुए और आपका कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया या फिर कुछ भी हुआ तो अगर आपके पास बाइक है या फिर कोई आपका बाइक वाला अगर आपको हेल्प देता है तो क्या आप बाइक से मदद ले सकते हैं और कितने दूर तक जा सकते हैं क्या एक ऑल्टो को एक बाइक खींच पाती है या फिर नहीं चलिए देखते हैं स्टार्ट करो फोटो और देखते हैं क्या कार को खींच पाती है या फिर नहीं बाइक स्टार्ट करने के लिए बैठ गया अंकित गाड़ी में जाओ गाड़ी को अभी न्यूट्रल कर देते हैं एक आदमी गाड़ी में रहेगा स्टेयरिंग संभालने के लिए लेकिन गाड़ी को अभी न्यूट्रल कर देते हैं और देखते हैं क्या खींच पाती है या फिर नहीं वीडियो पे इंड तक बने रही और देखिए लास्ट में क्या होता है ठीक है गाड़ी स्टार्ट करो जी तो राइ गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है तो अभी हम लोग देखे खींच करके क्या होता है क्या नहीं चलो बढ़ाओगे आगे यार बंद कर दिया यार गाड़ी स्टार्ट हो चुका है तो अभी हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है ठीक है तो गाड़ी स्टार्ट आगे बढ़ाओ अभी तो नहीं खींच पा रही है देखते हैं आगे क्या होता है अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है गाड़ी का देखते हैं क्या होता है बढ़ा बढ़ा बढ़ा बढ़ा बढ़ाओ बढ़ाओ बने वाला ठीक है अभी गाड़ी हिल भी नहीं रहा हिल भी नहीं रहा है देख रहे हैं कुछ नहीं हो पा रहा ठीक है रुंजा भाई रुंजा रुझा रुझा आगे नहीं बढ़ रही है ठीक है तो हम लोग और कोशिश करेंगे कि गाड़ी को तो आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है देखते हैं बढ़ पाती है या फिर नहीं आप लोग देखते रहिए आगे क्या होता है ठीक है बढ़ाओ जी धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है तो देख सकते हैं आप लोग गाड़ी खींच पा रही है इसको। ज्यादा स्पीड इस नहीं धीरे धीरे खींच पा रही है लेकिन खींच रही है ठीक है तो गाइज गाड़ी के जो हालत है वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं लेकिन अभी भी इसको खींच रहा है ये जल्दी चलाओ जल्दी जल्दी चलो यार, चलाओ यार चलाओ चलाओ क्या होता है जा देखिए चला रहा है गाड़ी को गाड़ी अच्छे से खींच पा रही है लेकिन उतना भी स्पीड नहीं खींच पा रही है अगर आप लोग कहीं फंसते हैं तो ज़्यादा स्पीड नहीं धीरे धीरे जा सकते हैं कहीं भी लेकिन आपके साथ एक अच्छा ड्राइवर होना चाहिए जो कि गाड़ी को अच्छी रस्सी खुल गया है ठीक है अभी रस्सी को फिर से बांधते हैं क्या होता है गाइस सक्सेसफुली गाड़ी रस्सी को रस्सी से गाड़ी को खींचा जा सकता है ठीक है एक बाइक जो है र, कारों खींच सकता है एक मामूली रस्सी की मदद से ठीक है तो आप लोगों ने देखा क्या होता है चलिए इसको थोड़ा और चला करके दिखाते हैं आप लोगों को सो गायश देखिए रसी तो टूट चुका है फाइनली लेकिन अभी हम लोग फिर से रस्सी बांधेंगे और इस बार बाइक चलाएंगे हमारे छोटू भैया और कार के अंदर बैठेगा ये अतीत ठीक है उसके बाद देखते हैं क्या होता है फिर से खींच पाती है या नहीं आप लोग यहीं से दिखाएँ कितने दूर तक तो गाड़ी खींच के ले जा सकती है अभी हमारे छोटू भैया गाड़ी चलाएंगे और ये काफ़ी अच्छा चला लेते हैं गाड़ी और गाड़ी तो गायश देख ही रहे आप लोग कैसा है गाड़ी गाड़ी का इंजन भी उतना सही नहीं है लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी ऑल्टो को गाड़ी खींच ले रही है ठीक है देखते बना गया रस्सी बांध दिया गया है ठीक है तो गाड़ी स्टार्ट कीजिए भैया तो अभी देखिए हमारे छोटू भैया जो है गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं तो बढ़ाइए भैया आगे बढ़ाइए ड्राइवर को चेंज कर दिया है क्योंकि वो ड्राइवर जो था उतना अच्छे खींच नहीं पा रहा था तो अभी हमारे छोटू भैया बैठे और देखिए गाइस इंजन का जो हालत है काफ़ी अच्छा ज्यादा मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी खींच सकता है गाड़ी को इतना दम है इसके अंदर कि इसको खींच सकता है अभी थोड़ा सा खींचा था अभी देखिए ड्राइवर चेंज किया आगे क्या होता है चलिए बढ़ाइए आप लोग के लिए इतना इंटरेस्टेड वीडियो बना रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और जो सब्सक्राइब कर दिया है उसके दिल से जाएंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है स्टार्ट कीजिए की की तो आप स्टार्ट कीजिए पहले स्टार्ट कीजिए पहले पूरा लीजिए स्टेट स्टार्ट है ना झटकर तो गाइज़ आप लोग के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं ठीक है थीके? तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से करिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा तो बढ़ाइए आगे क्या होता है गाइस अभी तो कुछ नहीं हो रहा है ठीक है उस टाइम थोड़ा बढ़ भी रहा था लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है गाइस सक्सेसफुली हमारा गाड़ी आगे बढ़ रहा है चलिए चलिए चलिए चलिए क्या होता है देखते हैं गाइज धीरे धीरे काफ़ी धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रहा है तो हम लोग देखते हैं चलिए आगे चलिए चलिए तो गायस अभी देखिए हमारा गाड़ी फिर से बंद हो चुका है ठीक है तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया गाड़ी को स्टार्ट कीजिए गाड़ी को स्टार्ट कीजिए गाड़ी को स्टार्ट कीजिए गाड़ी स्टार्ट हो चुका है ठीक है तो अभी देखते हैं खींच पाती है या फिर नहीं क्या गाड़ी तो सक्सेसफुली खींच रही है ठीक है और चलिए चलिए चलिए चलिए चलिए चलिए चलिए चलिए चलिए आइए भैया के पास चलते हैं वो क्या बोलते हैं कैसा उनको लग रहा है गाड़ी चलाने में तो कैसा लग रहा है भैया आपको गाड़ी चलाने में गाड़ी तो है नहीं खींच पाएगा कार के इसलिए कि कार जो है सो बहुत पावर का है और ये जो है बाइक जो है सो लो पावर की है इस कारण से बाइक नहीं चल पा रहा और बाइक जो है सो दो चक्का पे होता है इसलिए बैलेंस भी नहीं बना पा रहा अच्छा अच्छा तो गाइज ये जो है बाइक तो सक्सेसफुली तो नहीं ले जा सकता है लेकिन प्रैक्टिकली करके देख चुके हैं ये जो आ, कार को बाइक नहीं खींच पाएगा तो आप लोग जैसे ने देखा कि भैया ने बताया कि गाड़ी अभी दो चक्के पे है और गाड़ी काफ़ी पुराना है ठीक है तो ये गाड़ी ज़्यादा दूर तक नहीं खींच सकती है कार को हाँ लेकिन कुछ दूरी पर ले जाना है जैसे कि आप लोग सपोज देट कहीं जा रहे हैं और कुछ ही दूर पे अगर आपका पेट्रोल पंप पड़ता है आपका गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया तो आप लोग किसी से हेल्प ले करके कुछ दूरी तक जा सकते हैं बाइक से ठीक है तो बनकर तो ऐसे आपने देखा कि जो बाइक है वो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा ही बाइक कार को खींच रही थी लेकिन खींच रही थी ऐसा बात नहीं है कि थोड़ा सा भी नहीं खींच पाई बाइक जो है कार को खींचा है ऐसा बात नहीं है कुछ दूर तक लाया है और आपको भी बता देना चाहता हूं कि एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल हुआ है तो आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा और ये रही हमारी टीम बाहर निकलो लॉन्डो बाहर निकलो यार कह जी अंकित हमारा जो काफ़ी अच्छा ड्राइवर है और हमारे भैया जो भी बहुत अच्छे ड्राइवर है निकलो यार बाहर निकलो प्राग प्राग आज हम लोग ऐसे आए हुए थे ड्राइविंग करने के लिए ठीक है तो आज हमारा दोस्त है उसका एक बाइक है ये ठीक है तो हमारा बाइक जो हम लोग चला रहे थे यहीं पे ये लोग सीखने आया था तो हम लोग देखें कि क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए हमारे दिमाग में अचानक अचानक कुछ भी आ जाता है ठीक है तो हम लोग सोचे एक से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या रिजल्ट आता है तो आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और ये रहा हमारा टीम अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा जय हिंद